सब्सक्राइब करिए आपला महाराष्ट्र चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों पिछले सत्तर सालों से पाकिस्तान हमारे देश में नफ़रत फैलाने की कोशिश करता रहा पर वो कभी कामयाब ना हो सका मगर पिछले पाँच सालों के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जितनी नफरत हमारे देश में फैलाई उतनी पिछले सत्तर साल में भी पाकिस्तान फैला ना सका नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे देश में बहुत ज्यादा नफरत फैलाए रहे हैं। वो अगर 2019 में फिर से चुनाव जीते तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी का इस बारे में चलिए जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी की जुबानी पिछले चार साल में पांच साल में मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जितना बेड़ा गर्क किया इस देश का सत्तर साल में भी किसी ने नहीं किया आज तक मुझे लगता है अगर 2019 में इनकी जोड़ी जीत गई मोदी और अमित शाह की यह देश नहीं बचेगा जमहूरियत नहीं बचेगी जनतंत्र नहीं बचेगा यह चुनाव बंद कर देंगे संविधान बदल देंगे ये लोग इकतीस में हिटलर आया था जर्मनी में हिटलर ने आते ही संविधान बदल दिया था जर्मनी का चुनाव कराने बंद कर दिए थे और जब तक हिटलर मरा नहीं तब तक हिटलर वहां का प्रेसिडेंट रहा था मोदी और अमित शाह ने भी यही प्लानिंग कर रखी है अगर 2019 में ये दोबारा आ गए भाई साहब ये देश नहीं छोड़ने वाले जितना जहर इन लोगों ने अपने देश में घोला है जितना इन्होंने इंसान को इंसान से लड़ाया है हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ा रहे हैं हरियाणा में चले जाओ जा जा जाट को नॉन जाट से लड़ाते हैं महाराष्ट्र में चले जाओ वहां पे मराठा को नॉन मराठा से लड़ाते हैं भाई साहब 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था एक पाकिस्तान बना था एक हिंदुस्तान बना था सत्तर साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमजोर किया जाए सत्तर साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में जहर घोला जाए लोगों के बीच में बंटवारा किया जाए सत्तर साल से पाकिस्तान अपनी कोशिशों में नाकाम रहा जो काम सत्तर साल पाकिस्तान नहीं कर पाया